अरे गौशाला में बिनचारा के बछवा गाय हलाक हला गौ में के बछवा गाय हलाक में अखलाक काबा यूपी में काबा और घर के गेहू चाउर पिक गई लड़कन के पढ़ाई में गहना गुरिया रेहन धनिमा के दवाई में थुक सतुआ सानी है महंग ना दु सड़क पे बेरोजगार बा पर याग राज के लैकन के फ्यूचर बा निकालत नहीं यूपी सरकार बा, बा यूपी में बान के खेल बान के सांगे मेल बा नौकरी चकरी मंगला पे नवहन के नजत जेल बा बाबा यूपी बाइक बाइग्जाम के परचा बा। बा। अरे बाबा के भर्ती ले आई हो लैकालउटबा काबा यूपी में काबा जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा